एक युवा लड़के ने एक दिन रास्ते में जा रहे एक धनी व्यक्ति को देखा उसके ठाट बाट को देखकर वह लड़का उसकी ओर आकर्षित हो गया और वह सोचने लगा काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी इसकी तरह ऐसो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करता इसलिए वह पैसे कमाने के लिए मेहनत करने लगा कई दिनों तक प्रयास करने के बाद उसने कुछ पैसे कमा लिए अपने कार्य के बीच में ही वह एक विद्वान से भी मिला वह विद्वान की विद्वता से प्रभावित होकर कमाई करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और वह भी विद्वान बनने की इच्छा के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया लेकिन अभी उसने सीखना शुरू ही किया था कि उसकी भेंट एक बहुत बड़े संगीतज्ञ से हो गई अब उसका ध्यान संगीत की ओर आकर्षित हो गया उस दिन से उसने पढ़ाई करना भी बंद कर दिया और संगीत सीखने लगा लेकिन ये क्या काफी उम्र बीत जाने के बाद ना वह पैसे वाला बन सका ना विद्वान और ना ही संगीतज्ञ इस पर वह एक दिन विद्वान साधु महात्मा से मिला और अपने दुख का कारण महात्मा जी को बताया इस पर महात्मा जी बोले बेटा सारी दुनिया में आकर्षण भरा पड़ा है कई जगह गड्ढे खोदोगे तो ना तो पानी मिलेगा और ना ही कुआं खोद पाओगे इसलिए बस तुम एक लक्ष्य बनाओ और फिर जीते जी उसी पर अमल करो तुम्हारी जीत अवश्य होगी इसलिए बेहतर है कि तुम जीवन में ज्यादा से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करो लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम धैर्य रख पाओगे इसलिए जो भी काम हाथ में लो उसे धैर्यपूर्वक करते जाओ क्योंकि फल मिलने में देरी जरूर होती है लेकिन जब फल मिलेगा तो उसे तुम्हें ही खाना है और तुम्हें ही उसका स्वाद लेना है अब लड़का साधु महाराज की बात समझ चुका था उसने उनको प्रणाम किया और एक सबक सीखते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा दोस्तों जिंदगी के बहुत से पहलुओं में हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही होता है हम कोई कार्य करते हैं और जैसे ही वह कार्य शुरू होता है वैसे ही हम दूसरी ओर मुड़ जाते हैं इसलिए यदि आपको सफल होना है तो कभी दूसरों की नकल मत करिए वह काम करने का प्रयास करिए जिसके लिए आप बने हैं।